लाइक चैनल सब्सक्राइब करवाना मतबाना ठीक है गए और जो भी पहली बार आए हो हों चैनल को सब्सक्राइब करवा देना हम लोग फीस का स्क्रीन निकलने वाले हैं देखते हैं कितना डायमंड वो निकलेगा ठीक है गए बात बोलता हूँ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करवा के रखना जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप पहले जा सके और हमारा चैनल में गिव्य होता है गिव्यो में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको प्यारा सा कमेंट करवाना चाहिए कमेंट में जो भी अच्छा कमेंट करेगा उसको हम 100 रू सौ डायमंड का गिव्यू करेंगे ठीक है और और एक बात कमेंट में यूआईडी आई डी दे देना गेम का यू आई डी ठीक है आज आज कितना डायमंड निकल रहा है क्या टटी टी चीज दे रहे हैं गरीबा लोग ठीक है एक और देखते है स्पिन मार के देखते हैं क्या निकलता है कुछ भी नहीं निकला ठीक है और एक स्पिन मारते हैं कुछ भी नहीं निकला ठीक है गायज ठीक है गायज और मेरे को मिल चुका है ठीक है उसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवा देना ठीक है